रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत सेलहना में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया दबंगों ने न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार कर दिया है अब हालात ऐसे हैं कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है लेकिन प्रशासन ने अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है मामला ग्राम पंचायत सिलहना के ग्राम टिकुरी का है जहाँ आम रास्ते आरोप कई वर्षो ऐसी दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे लोगो को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है दबंगों ने न्यायालय आदेश को भी दरकिनार कर दिया है सतना कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था न्यायालय तहसीलदार ने भी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली आरोप सवाल खड़े हो गए हैं रास्ता बहाल करने का राजस्व निश्चित पटरी हल्का को आदेशित किया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ साक्ष्य भी आपके पास जो आदेशित किया जी जी मेरे पास रिकॉर्ड है साक्ष भी आपकी है